नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल तीन कोन्या आज आप लोगों को सिखाएंगे कैसे जियो सिम एम करते हैं देखिए आगे चलते हैं पहले लॉगिन कर लीजिए उसके बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा कोना में देख रहे हैं कि तीन एक तीन डॉट है वहाँ क्लिक करना पड़ेगा देखिए आगे वहाँ क्लिक करते ही जियो डिजिटल के वायरस जहाँ लिखा हुआ वहाँ टैप करना पड़ेगा उसके बाद सिलेक्ट में आपको आना पड़ेगा उसके बाद आपको मोबिलिटी पर टैप करना पड़ेगा उसके बाद डन डन करते ही आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ आपको जो स्कैनर का आइकन दिख रहा है वहाँ टैप करना पड़ेगा उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड स्कैन करना पड़ेगा जहाँ आपको आर दिया हुआ है वो स्कैन करना पड़ेगा देखिए जैसे स्कैन करने के बाद नेक्स्ट बटन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद आधा का फ्रंट पिक्चर है वो लेना पड़ेगा फ्रंट का पिक्चर अच्छे से लेने के बाद यूज़ दिस फोटो करना पड़ेगा क्रॉस उसके बाद बैक साइड का फोटो लेना पड़ेगा बैक साइड का फोटो लेने के बाद वो आपको यूज दिस फोटो करना पड़ेगा यूज़ दिस फोटो करने के बाद आपको क्रॉस पर टैप करना पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर कस्टमर का फोटो लेना पड़ेगा वो भी लाइव पीछे वाला व्हाइट होना चाहिए और लाइट एकदम तो मस्त रहना चाहिए उसके बाद आप कस्टमर का फ़ोटो ले लीजिए फ़ोटो लेने के बाद वो फिर कर्स्ट पर रखिए और नेक्स्ट कर दीजिए नेक्स्ट करने के बाद एजेंट का फ़ोटो लेना पड़ेगा उसके लिए फ्रंट कैमरा लेना पड़ेगा और नेक्स्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट करने के बाद आपका एजेंट का फ़ोटो लेना पड़ेगा एजेंट का फ़ोटो का भी वही सेम प्रोसीडियर है उसके बाद थोड़ा टाइम लगा फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट करते ही ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और आपका एक ऑल्टरनेट नंबर लिखना पड़ेगा जिस पर आपका ओ पी जाएगा फिर लिख देते हैं ऑल्टरनेट नंबर जो भी है कस्टमर का दूसरा मोबाइल नंबर अपना मत दीजिएगा हमेशा कस्टमर का ही दीजिएगा उसके बाद सिलेक्ट रिलेशन में आपको सेल्फ या फैमिली का नॉन पर्सन कर दिया ठीक है उसका फिर और एक नंबर नंबर देना पड़ेगा अल्टरनेट फिर एकट नंबर देने के बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको चेकबॉक्स दिखेगा वहां टिक करके नेक्स्ट करना पड़ेगा फिर प्रीपेड में लेना पड़ेगा प्रीपेड में कोई एक प्लान चूज़ करना पड़ेगा जहाँ एम एन लिखा हुआ होगा और प्लान चूज़ करने के बाद आपको यहाँ एक नंबर देना है, रेफरेंस नंबर सॉरी यहाँ गलत कर दिए रेफरेंस नंबर होगा आपका एक दो तीन चार पाँच छः तक दे दीजिए उसके बाद ओके कर दीजिए ओके करते ही यहाँ सिम को स्कैन करना पड़ेगा सिम क्यू आर कोड स्कैन करते हुए उसका नंबर आ जाएगा फिर आपको एमएनपी करना पड़ेगा एमएनपी में आपका एमएनपी एन पी नंबर जो जो जिस नंबर को आप एमएनपी करना चाहते हैं वो नंबर दे दीजिए उसके बाद उसका यू कोड जो भेजा गया वो दीजिए फिर डेट दीजिए डेट देने के बाद आपका कौन सा सिम से आ रहे हैं आप जियो में वो देना पड़ेगा जहाँ सर्विस प्रोवाइडर नेम लिखा हुआ है वहाँ आपका टैप करते ही आ जाएगा कौन सा सिम से आप आ रहे हैं जैसे कि बी एस एन एल से आ रहे हैं तो बी हो गया उसके बाद डन करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट कनेक्शन अदर कनेक्शन नो कर दीजिए फिर नेक्स्ट कर दीजिए नेक्स्ट करने के बाद उसका डिटेल्स आ जाएगा कस्टमर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा डिटेल्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा देखने के बाद टिक करके प्रोसेड में क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही आपका कस्टमर का ओ टी पी आपका मोबाइल में एक आया होगा वो ओ दे दीजिए फिर आई हैव नीड देंट कॉन्सेंट क्लिक कर दीजिए फिर ओके कर दीजिए फिर, फिर कस्टमर का ओ दीजिए ओ देने के बाद फिर वहाँ पर भी टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए ओके करने के बाद नीचे आ जाइए नीचे सिम का जो सीरियल नंबर है वहाँ आपका पीछे का पीछे का एक छोड़ के बाकी पाँच नंबर वहाँ डालना पड़ेगा जैसे कि देखिए सेवन वन एट थ्री थ्री उसके बाद नाइन था नाइन को हटा दिया फिर वेलीडेट ओ कर दीजिए फिर नेक्स्ट प्रोसीड कीजिए फिर बैक बटन को एक बार क्लिक कीजिए फिर उसका तो थोड़ा टाइम लेगा टाइम लेने के बाद देखिए थोड़ा टाइम लिया फिर दूसरा इटर पैसा गया कैश सिलेक्शन कीजिए और डन कीजिए जैसे कि मैंने एक सौ उनचास प्लस नाइन्टी नाइन लिया था इसलिए दो सौ टू नाइन आया फिर थोड़ा टाइम लेगा उसके बाद आपका हो जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत बोलिए कमेंट भी कीजिएगा Thank you.